फ्रेंड्स right आज के इस वीडियो में आपको एक यूनिक थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में बताएंगे दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या अभी अभी अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं तो आपको कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनमें से एक है आपका यूनिक थमनेल दोस्तों अगर आपके पास यूनिक थमनेल नहीं है तो उसमें आपको उतना व्यूज नहीं आता है तो आप विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं अगर आप अपने पीसी है आपके पास तो आप पीसी से बना सकते हैं या नहीं तो आप अपने मोबाइल से भी एक यूनिक हमनेल बना सकते हैं तो हम आते हैं कैनवा जिसमें आप हमनेल के अलावा भी बहुत सारे काम डिजाइन कर सकते हैं जैसे प्रजेंटेशन सोशल मीडिया वीडियो प्रिंट प्रोडक्ट मार्किटिंग ऑफर के अलावा तो हम आपको बताएंगे थंबनेल के बारे में कि थंबनेल आप यूनिक थंबनेल कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए हम YouTube यूनिक थंबनेल पर क्लिक करते हैं जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे रेडीमेड थंबनेल आ जाएंगे जिसे आप एडिट करके बना सकते हैं लेकिन आपको एक नया यूनिक थमनेल बनाने के बारे में बताएंगे और बिल्कुल फ्री है तो हम क्रिएट पर क्लिक किए तो हमारे सामने टेम्पल एलिमेंट अपलोड वीडियो टेक्स्ट बैकग्राउंड यूट्यूब कई प्रकार के आ जाते हैं तो हम इसमें इसमें आप अपना खुद का फोटो भी लगा सकते हैं तो इसके लिए हम अपना खुद का फ़ोटो ले लेते हैं और उसके बाद इसमें इस, इस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं दोस्तों आप इसमें विभिन्न प्रकार से फाउंड लिख सकते हैं एनिमेशन बना सकते हैं और तो हम इसमें इसके बाद हम इसमें अपना हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद आप सब हेडिंग इसमें लिख सकते हैं उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें विभिन्न प्रकार के गलो पिज़ा, पलिनर और विभिन्न प्रकार के इफेक्ट भी डाल सकते हैं यहाँ से आप एलिमेंट और टेक्स्ट भी ले सकते हैं उसके बाद आप यहाँ से फाउंड को कम या ज़्यादा साइज को कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट कलर ले सकते हैं यहाँ से बोल्टेलिंग उसके बाद अलाइनमेंट लिस्निंग और स्पेसिफिक और इफेक्ट विभिन्न प्रकार से एनिमेट कर सकते हैं के बाद आप अगर चाहें तो यहां से किसी भी प्रकार का एक बैकग्राउंड ले सकते हैं इस प्रकार से जब भी अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड भी आप यहां से विभिन्न प्रकार के ले सकते हैं तो आप विभिन्न प्रकार से खुद प्रैक्टिस करके देखें और इस प्रकार से आप बहुत ही बेस्ट यूनिक थंबनेल बनाएंगे इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के थंबनेल बना सकते हैं तो आशा करते हैं आपको यह एक छोटी सी जानकारी अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अन्य लोगों के साथ खूब शेयर करें ताकि उसे भी यह जानकारी हो जाए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद